पूजा नाम की बहन है देखिए इनकी माँ ये ने लेने के लिए देख सकते हैं अपना घर में बेटी का मिला कौन है, माता ये? तो मैं एक महीने से होने पाला है नहीं एक महीना के तो अच्छा कैसे निकली थी वो वो थी थी घर से बुखारी गर्मी लग गई होगी दिमागी हालत हो गई जाके थाने में घुस रही थी थाने वाली बोल रही थी जाने दो, इसको जाने दो। थाने अच्छा कितने दिने दिने दिने दिन हो गए घर से निकले हुए ने एक तारीख मंगलवार छठा महीना छठा महीना है देख सकते हैं करीब दो, दो महीने हो चुके हैं अब तो ये सही हो गई है मैंने शाकिर शाकिर कैसे पता लगा आपको अभी यहां पर? इसने फोन किया मेरे नंबर नंबर पे। जी। वो बंद हो गई थी मैंने दूसरा नंबर निकाली उसी से फोन नंबर वो नंबर नंबर हाँ। मैंने बोले ना मम्मी बंद आ रहा है कैसे निकल गयी आप घर ऐसी यहाँ कैसे आई मेरे दिमाग ही बुखार है तो मम्मी से झगड़ा करते करते मैं यहाँ तक पहले आ जाइए आ जाइए अब तो मिल गई ना है देख सकते हैं आप करीब दो महीने पहले सेवाचारी तो। नहीं नहीं चुप रहे आ जाए आ जाए आ जाओ आ जाओ अब तो मिल गई ना है अब क्यों रो रही है चुप हो जाए देख सकते हैं दो महीने पहले मथुरा से लाया गया था और अब अब कैसी हैं बहन जी मैं तो ठीक हूँ ये मेरी मम्मी है मौसी मतलब ये मम्मी खत्म पापा खत्म हो गए बचपन में एक महीना की छोड़ के इन्होंने मेरे को पाला है मौसी है पर मैं मम्मी मम्मी बोलती हूँ एक महीने से मैंने इन्हीं को देखा है देख सकते हैं आप मम्मी तो है नहीं लेकिन मौसी लगती हैं ये और माँ से ज़्यादा परवरिश की है इन्होंने जैसे ही सूचना मिली और इनके परिवार की खोज श्री एनपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनागर आश्रम भरतपुर के द्वारा की गई है उसी सूचना के माध्यम पर माता जी अपनी बेटी के लिए अपना श्रमपुर आई हैं अब पूर्ण पहचान प्राप्त कर तथा दस्तावेज प्राप्त कर इन्हें इनकी मां को सुपुर्द कर दिया जाएगा मैं देखो शर्मा शर्मा अभी चली सभी साथियों को प्रणाम